स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूं, जो कि अभी चेंज हुआ है करंट में हॉल ही में जो भी कैंडिडेट्स अभी हॉल में अगस्त 2022 में एग्ज़ाम देंगे उन सभी कैंडिडेट्स को ये एग्ज़ाम न्यू पैटर्न के तहत देना होगा जो कि पैटर्न काफ़ी बदल चुका है काफ़ी चैनल्स में आपको सुनने में आ रहा होगा कि आपके सब्जेक्ट कम कर दिए गए हैं अब मैं आपको यहाँ सारी चीजें आज क्लियर करा दे रहा हूँ कि क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं सबसे पहला सवाल है आईटीआई एग्ज़ाम अगस्त 2022 न्यू पैटर्न फर्स्ट पॉइंट से कितना बदल जाएगा एग्जाम पैटर्न बिना जानकारी के कैसे करें तैयारी अब हम स्टार्ट करते हैं पहले चीज तो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको समझ में आ जाए अब हम देखते हैं ये मैंने कुछ स्निपशॉट किए हुए हैं जो कि मेन मेन टॉकिस सबसे पहला है प्रैक्टिकल एग्जाम जो कि टाइम शेड्यूल जारी कर दिया गया है वह मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ वीडियो में जिसने नहीं देखा हो वह आई बटन की लिंक पर क्लिक करके देख सकता है आपका एग्जाम शेड्यूल और एग्जाम पैटर्न सारी चीजें पहले ही एनसीबीटी ने क्लियर कर दिया है देखिए आपके दो चीजें हैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम दूसरा सीबीटी एग्जाम अब हम देखेंगे क्या जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता था वे आपका होम स्टडी होता था वे एज इट इज होम सेंटर भी होगा उसमें कोई बदलाव नहीं है जैसे होता था वैसे ही होगा नेक्स्ट पॉइंट है सीबीटी एग्जाम मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम अब हम देखेंगे कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में क्या बदलाव किया गया है किन किन सब्जेक्ट का कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा अब इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे देखिए ये जो रिवाइस लेवर के बारे में एक पी डी लॉन्च करी गई थी वो जो कि 85 पेज की थी उसमें एनेक्ज़र ए एनेक्ज़र बी दो पार्ट्स में डिवाइड थी अभी हम ये भी दिखाएंगे कि एनेक्ज़र ए में क्या है एनेक्ज़र बी में सबसे पहले हम एजेंडा पॉइंट नंबर टू में देखेंगे क्या लिखा हुआ है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस डब्ल्यू एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी स्लेबर्स मैक्म फोर्टी हावर इच एंड मर्ज विद्रेड थ्योरी फॉर ऑल इंजीनियरिंग ट्रेड अप्लीकेबल फॉर करंट से इस पॉइंट को नोट करिए करंट सेट विल नॉट एपेयर बी सेपरेट ईडी वर्कशॉप एग्जाम कैलकुलेशन एग्जामिनेशन इन जुलाई अगस्त दो हजार बाईस अब यहां पे हम इस चीज को देखेंगे मेन पॉइंट्स और है यहाँ पे द रिवाइज सिंप्लीफाइड सिलेबस विल बी फॉलोड फ्रॉम करंट सेशन एंड ट्रेनिंग एडमिटेड इन करंट सेशन नीड नाट एपियर टू सेपरेट एग्जाम WCS सी एस एंड ई अब यहाँ पे देखेंगे चिन कैंडिडेट्स ने सेशन 2020 में एडमिशन लिया हुआ है और जिन कैंडिडेट्स ने 2021 में एडमिशन लिया हुआ है ये कंडीशन इन सभी कैंडिडेट्स पे लागू हो रही है जो नया पैटर्न है अब देखिए नए पैटर्न के अनुसार आपका जो वर्कशॉप कैलकुलेशन का एग्जाम लिया जाएगा वह ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है और ई डी का पेपर भी ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है ED को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है पार्ट ए प्री हैंड ड्राइंग और पार्ट बी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्यू समझ के मतलब कि आप ट्रेड थ्योरी का आपका एक पेपर होगा उसी के साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन का एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे और उसी के साथ में इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी एमसीक्यू क्वेश्चंस क्यू आएंगे मतलब कि आपका स्लैबर्स कोई भी नहीं हटाया गया है पढ़ने आपको सारे सब्जेक्ट हैं बट आपके सब्जेक्ट में शॉर्टिंग कर दी गई है मतलब को कुछ कम कर दिया गया बट आप ये नहीं कह सकते कि आपके स्लेबर्स में कुछ कम किया गया आपका पैटर्न शॉर्ट कर दिया गया है कुछ चैप्टर हटाए गए है अभी इसके बारे में भी मैं जानकारी दूंगा अभी मैं आपसे बोल रहा था कि रिवाइ स्लेबर्स एंड हावर्स ईडी एनेक्जर ए और एनेक्जर बी टू पार्ट्स में सिलेबस किया गया एनएक्र ए में ईडी का है और एनेक्र बी में वर्कशॉप कैलकुलेशंस का तो ये चीज आप ध्यानपूर्वक जान गए कि अब जो आपका एग्जाम होगा वे सिंगल एग्जाम होगा एमसीक्यू होगा और सीबीटी बी बेस्ट होगा इसमें कि ट्रेड थ्योरी के साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का पेपर होगा जो कि एम सी होगा अभी हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कितने क्वेश्चंस किस पार्ट्स के आएंगे, बट ये कन्फर्म नहीं है बट एक आइडिया है कि इतने क्वेश्चंस आ सकते हैं जैसे ही कन्फर्म आ जाएंगे कि कितने क्वेश्चंस आने ये चीज़ मैं जल्दी वीडियो बना के आपको बता दूँगा जब तक क्वेश्चंस की ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आती है तब तक मैं आपको आइडिया के द्वारा ही बता सकता हूँ बट जो चीज़ कन्फर्म है वह मैंने आपको बता दिया है कि अब जो आपका पेपर होगा वो सिंगल पेपर होगा चाहे 2020 सेशन में एडमिशन लिया हो जिन कैंडिडेट ने चाहे 2021 में इंजीनियरिंग ट्रेड से उन सभी पर ये स्लेबस लागू होगा जो कि कंफर्म है अब हम आगे देखेंगे अब हम देखेंगे रिवाइज्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी स्लेबस 40 हावर ड्यूरेशन ऑफ 75 ट्रेड इन 29 अंडर क्राफ्टमैन ट्रेनिंग स्कीम CTS फॉर 2021-22 मतलब 2021 और 22 सेशन से ही यह लागू कर दिया गया मतलब 2022 अगस्त में जिन जो भी कैंडिडेट एग्जाम ले देंगे उन सभी पर यह सिलेबस लागू हो गया है क्या लिखा है देखेंगे प्लीज नोट दैट प्री हैंड इंजीनियरिंग ड्राॅंग एस पार्ट ऑफ फॉर्मेटिव असिस्मेंट विल एफ एम सी क्यू क्वेश्चन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सी बी टी अभी मैंने आपको बताया इंजीनियरिंग ड्राॅंग को टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है पार्ट ए में प्री हैंड ड्राइंग जो कि फॉर्मेटिव असिस्मेंट के तहत आपसे उसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसमें नंबर दिए जाएंगे अब ये कॉलेज के हाथ में कॉलेज क्या करता है क्वेश्चन पूछता है बारबा के बेस पर नंबर देता है ये एग्जाम कंडक्ट कराता है एक तरीके का मान लीजिए सेशनल मार्किंग के तहत इसको जोड़ दिया गया और पार्ट बी जो इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का होगा वे एम सी जो कि ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज किया कर दिया गया है अब ईडी का भी पेपर जो एमसीक्यू क्वेश्चंस ही आएंगे ट्रेड थ्योरी के साथ में मर्ज कर दिया गया है मैंने आपको पहले बताया ट्रेड थ्योरी के साथ में वर्कशॉप कैलकुलेशंस और ईडी का पेपर भी आएगा इंजीनियरिंग ट्रेड के लिए इंजीनियरिंग ट्रेड कौन सी फिटर इलेक्ट्रीशियन टर्नर मशीनिस्ट नेक्स्ट है नोट डैट फॉर ड्राफ्ट ग्रुप ऑफ ट्राई ट्रेड जो ईडी का पेपर होगा वह प्रैक्टिकल के साथ में मर्ज किया गया है आपको इंजीनियरिंग ट्रेड से मतलब ड्राफ्ट के जो कैंडिडेट होंगे वह प्रैक्टिकल के साथ ईडी का पेपर देंगे हम आगे देखेंगे अब देखिए पॉइंट नंबर में वो क्या दिया मैंने शॉर्ट में बता रहा हूं थ्योरी प्लस डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप ये आपका हो गया वन जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस जो कि पेपर वन ही होना है एक ही पेपर में होगा नेक्स्ट <coughs> है पार्ट टू इंजीनियरिंग टाइम को मैंने बताया आपको टू पार्ट में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है प्री हैंड ड्राइंग सेकेंड है क्वेश्चंस एमसीक्यू जो कि आपके पेपर पेपर वन के साथ में ये ऐड कर दिया है मैंने पहले बता दिया फॉर्मेटिव असिस्मेंट सेशनल मार्क ईडी प्लस ईएस मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग और इंप्लायबिलिटी स्किल ई और इम्प्लायिलिटी स्किल का जो सेशनल मार्क दिए जाते हैं वो कॉलेज के एंड से दिए जाएंगे और इसमें कॉलेज क्या करता है या आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा या क्वेश्चंस पेपर कराएगा ये कॉलेज के ऊपर है कॉलेज आपको किस तरह से मार्किंग दे सकता अब आपको बात वन में आ गई होगी कि ट्रेड थ्योरी के साथ में आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन और ईडी का पेपर लिया जाएगा जो कि एमसीक्यू माध्यम से लिया जाएगा और आपका जो फॉर्मेटिव मतलब सेशनल मार्किंग जो आपको दी जाती थी हंड्रेड मार्क्स की देखिए आपके सेशनल मार्किंग टोटल कितना था 200 हंड्रेड मार्क्स का था टू में से हंड्रेड मार्क्स आपके इंटरनल थे जो कि कॉलेज के एंड में थे और हंड्रेड मार्क्स जो भी थे वे कॉलेज के हाथ में है टोटल 200 सौ मार्क्स अब 100 मार्क्स कॉलेज देगा उसके बाद में 100 मार्क्स आपके एडी और ईएस मतलब इंप्लायी स्किल इन दोनों का वो एग्जाम कराता है या क्वेश्चंस पूछता है उस बेस पे आपको नंबर दिए जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट है एमसीक्यू सम क्वेश्चंस समाफ्टमेंट ट्रेड्स प्रैक्टिकल प्लस ई अभी मैंने आपको बताया ड्राफ्टमैन की जो कैंडिडेट्स होंगे उनके उनके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो ड्राफ्टमैन ट्रेड प्रैक्टिकल के साथ में और ईडी इनका अलग है ड्राफ्टमैन ट्रेड वालों का और इंजीनियरिंग ट्रेड का अलग है अब हम आगे देखेंगे रिवाइज फ्लेवर ऑफ वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस फॉर 81 वन इंजीनियरिंग ट्रेड प्लीज नोट दिस द स्लेवर्स ऑफ इफेक्टिव फॉर्म दो हज़ार इक्कीस बाईस सेशन दिस स्लेवर्स इज मर्ड विद बी ट्रेड थ्योरी स्लेवर एंड विल बी एसेस्ड एज पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी सी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ट्रेड थ्योरी के सब्जेक्ट के साथ में वर्कस ऑफ कैलकुलेशन को मर्ज कर दिया गया है प्लस इंजीनियरिंग ड्राॅइंग को मर्ज किया गया है अब आपका सिंगल पेपर होगा सी माध्यम से ऑनलाइन मोड से अब हम देखेंगे एजेंडा टू में रिवाइज सर्कुलर ऑफ इंप्लाइबिलिटी 120 हावर वन ईयर वन ईयर ऑफ टू ईयर कोर्स ऑफ 60 सिक्स एडवांस कोर्स इन द सेकेंड ऑफ टू ईयर स्टेट 60 हावर एंड सिक्स मंथ ड्यूरेशन अब देखिए इंप्लायिलिटी स्किल्स का ऊपर जिक्र नहीं किया गया था अब हम देखेंगे जो करेंट सेशन में दो में कैंडिडेट एडमिशंस लिए हुए थे और में वे जा चुके हैं। इन कैंडिडेट के लिए स्किल्स का अभी तक कोई भी सेपरेट नोटिस नहीं जारी हुआ है कि इनका किस तरीके से पेपर लिया जाएगा बट जिन कैंडिडेट ने 2021 में एडमिशन लिया है उनका अब इंप्लायिलिटी स्किल का एग्जाम नहीं होगा उनका जो तो एग्जाम होगा वो फॉर्मेटिव असिस्मेंट मतलब सेशनल के तहत उनसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ये स्लेबर्स दे दिया गया है ये इम्प्लाइबिलिटी स्किल्स का स्लेबस है इंट्रोडक्शन ऑफ इम्प्लायबिलिटी स्किल इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, आपको पढ़ना है आपसे इनसे बाइबा के तौर पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नंबर दिए जाएंगे इसका आपका रिटर्न एग्जाम नहीं लिया जाएगा और जिन्होंने 2020 हज़ार बीस में एडमिशन्स लिया है उनके लिए अभी तक इम्प्लायबलिटी स्किल्स का किसी तरह का ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं हुआ है जब तक ऑफिशियली नोटिस जारी नहीं होता है तब तक आप जिस तरीके से पहले इम्प्लायबिलिटी स्किल पढ़ रहे हैं उसे पढ़ते रहिए अगर जैसे ही कोई ऑफिसली नोटिस जारी होता है कि इम्प्लाइबिलिटी स्किल का आपका भी पेपर लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा या फिर जिस तरीके से दो वालों का बाय होगा आपका भी बाय बा होगा तो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से मालूम चल जाएगा लेकिन जो चीज़ कंफर्म हो गई है वह मैंने आपको बता दिया हुआ है डाउटफुल चीज़ को मैं नहीं बोल सकता हूँ कि आपका इम्प्लाइबिलिटी स्किल का भी पेपर एमसीक्यू होगा अभी ये चीज़ कंफर्म नहीं है अभी जो चीज़ कंफर्म थी वह मैंने बता दिया है जैसे इम्प्लाइबिलिटी स्किल के बारे में मुझे पता चलता है मैं आपको जानकारी दे दूँगा जब तक आपको नहीं मालूम चल रहा है तब तक आप पहले के तरीके से इम्प्लायबिलिटी स्किल की भी तैयारी करते रहिए देखिए यहाँ पे लिखा आफ्टर डिलीटेड दिन दस मे बी थ्रू दमेटिवेंट एंड वाई डीजी द रिगार्ड देखिए ये जो यहाँ पे दे दिया है फॉर्मेटिव असेसमेंट के तहत इंप्लाइबिलिटी स्किल का भी आपका पेपर लिया जाएगा मतलब या तो एम हो सकता है उसका या रिटर्न लिख सकते हैं सेशनल मार्किंग कॉलेज के हाथ में कॉलेज एग्जाम करा के ले सकता है या बायबा करा के ले सकता है ये इसके ऊपर है कि आपको इंप्लायिलिटी स्किल के मार्क किस बेस पर वो देगा लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा बिना पढ़े आपको अब हम आगे देखेंगे ये तो वही चीज है मैंने इंजीनियरिंग ड्राइंग का आपको बता दिया है ये तो हो गई आज के शॉर्ट टर्म में कि, कितना बदल जाएगा एग्जाम पैटर्न बिना जानकारी अब आपको ये जानकारी मालूम चल गई है आपको क्या क्या पढ़ना है किस तरह से पढ़ना है अब हम देखेंगे स्लेबर्स में क्या क्या स्लेबर्स पढ़ना है किन किन चैप्टर्स को हटा दिया गया है देखिए चैप्टर्स में बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं है बहुत ही कम बदलाव है अब हम आपको दिखाते हैं ये इंजीनियरिंग ट्रेड का है स्लेबर्स इनेक्जर एनेक्जर ए मैंने आपको था अभी, क्या था क्या ए में रिवाइज्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग ईडी स्लेबर्स अब हम देखेंगे मैंने शॉर्ट फॉर्म में इंजीनियरिंग ड्राइंग के फिटर इलेक्ट्रीशियन देखिये ये जो से वेल्डर वेल्डर है जितनी भी वेल्डर होती हैं जिस टाइप्स की इन सभी का ईडी का ये स्लेबर्स से इंजीनियरिंग ड्राॅइंग का जिसके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे सीबीटी मोड में ये आपका स्लेबर्स से फर्स्ट टॉपिक सेकंड टॉपिक थर्ड टॉपिक फोर्थ टॉपिक फिफ्थ टॉपिक सिक्स टॉपिक सेवन टॉपिक रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग्स ये आपके पैटर्न है इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग प्री हैंड ड्राइंग लाइंस ड्राइंग ऑफ जोमेटिकल फिगर रीडिंग ऑफ डायमेंशन एंड डायमेंसनिंग प्रैक्टिस प्रैक्टिस रीडिंग ऑफ फैब्रिकेशन ड्राइंग सिम्बल्स रीडिंग ऑफ जॉब ड्राइंग ये है वेल्डर ट्रेड के कैंडिडेट्स का इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्लेबर्स अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिवाइज इंजीनियरिंग ड्राइंग सर्कुलम ग्रुप ऑफ ट्रेड्स ऑफर द क्राफ्ट मैन इंजीनियरिंग ड्राॅइंग अब देखेंगे कौन कौन सी ट्रेड का फिटर टनर मशीनिस्ट ग्राइंडर ये जितनी भी ट्रेडें लिखी हैं इनमें क्या बदलाव किया गया है फर्स्ट ईयर मतलब एक साल दो साल की ट्रेडें हैं जितनी भी लिखी हुई यहाँ पे फर्स्ट ईयर में इनका स्लेबर्स क्या है आपके सामने दिख रहा है सेम है जो आपको पहले मैंने दिखाया है फर्स्ट वेल्डर की ट्रेड के लिए इंट्रोडक्शन लाइंस हो गया ड्राइंग ऑफ जोमेटिकल फिगर्स डायमेंशनिंग हो गया सिंबल्स हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ रीडिंग ड्राइंग हो गया रीडिंग ऑफ ड्राइंग रिलेटेड ये हो गया फर्स्ट ईयर में सिलेबस अब हम देखेंगे सेकंड ईयर का सिलेबस क्या है अभी हम ये फिटर वाले ट्रेडों कर रहे हैं अब देखिये सेकेंड ईयर में आपको क्या पढ़ना है रीडिंग रीडिंग ऑफ ऑफ़ ड्राइंग फाउंडेशन जो की इंजीनियरिंग ट्रेड मैंने बताई हुई है इसमें फिटर टर्नर मशीन इन सभी ट्रेडों का फर्स्ट ईयर का सिलेबस बता दियायर का बता दिया अब हम चलेंगे नेक्स्ट है इंजीनियरिंग ड्राइंग इलेक्ट्रीसियन वायरमैन इलेक्ट्रोप्लेटर इलेक्ट्रीसियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन इनका क्या लेवर से फर्स्ट ईयर का एज इट इज सेम है फ्री हैंड ड्राइंग जोमेटिकल ड्राइंग्स डायमेंशनिंग सिंबल्स रिप्रेजेंटर इस तरीके से फर्स्ट ईयर का है इलेक्ट्रीसियन इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिकल पावर्स देखेंगे ट्रेडों का सेकेंड ईयर का सेवर्स क्या है इलेक्ट्रिकल साइन स्केचिंग इलेक्ट्रिकल डाइग्राम डायग्राम इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम और ब्लॉक डायग्राम ये हो गया सेकेंड ईयर का किसका किसका इलेक्ट्रीशियंस इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रिकल्स ये हो गया स्लेवर्स जो कि मैंने बताया आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग का फिटर वेल्डर इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स का अब हम देखेंगे इन बी जो की वर्कशॉप कैलकुलेशलकुलेशन एंड साइंस फॉर एटी वन ट्रेड दिसवर्स इज मर्ज विद द ट्रेड थ्योरी स्लैवर्स विल बी एसे पार्ट ऑफ ट्रेड थ्योरी सीबीटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है ट्रेड थ्योरी के साथ में इसे मर्ज कर दिया गया है ईडी को भी मर्ज किया गया है अब हम देखेंगे क्या स्लेबर्स अब देखिये इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर रिवाइज स्लेबर्स फॉर वर्क ऑफ कैलकुलेशन एंड साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग ट्रेड्स नेम ऑफ ट्रेड्स इलेक्ट्रीशियन फर्स्ट ईयर में आपको फर्स्ट ईयर में क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं देखिये जी जिनमें रिटर्न लिखा हुआ है ये चैप्टर आपको पढ़ने यूनिट फ्रैक्शन के अंतर्गत ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं जो आपको दिख रहे होंगे अगर ये आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लीजिए या तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा मैं आपको ये पीडीएफ डी उपलब्ध करा दूंगा ये सिलेबस हैं ये पहले थे अभी भी हैं अब हम देखेंगे इसमें से कौन कौन से चैप्टर डिलीट किए गए हैं अब देखिए मेटल साइंस मटेरियल साइंस में फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज इस चैप्टर को डिलीट किया गया है पहला हो गया नेक्स्ट ये चैप्टर डिलीट किया गया है डिफरेंट बिटवीन द आयरन एंड स्टील एलॉय नेक्स्ट है स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिलीट किया गया है इसको भी डिलीट किया गया है इस तरीके से इन चैप्टर्स को यहाँ से डिलीट किया गया है ये देखिए आपके सामने यहां दिख रहे हैं इन चैप्टर्स को हटा दिया गया वर्कशॉप कैलकुलेशन से अब हम आगे देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी टोटल हटा दी गई है आपकी स्लैबर से ये देखिए डिलीट आपको दिख रहा है आलरेडी कवर्ड इन थ्योरी इसलिए बेसिक इलेक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी हटा दिया है क्योंकि आप लोग ट्रेड थ्योरी में पहले से ही पढ़ते हैं इलेक्ट्रिसियन ट्रेड के बच्चे इस कारण से हटा दिया गया अब दो बार नहीं पढ़ना है आपको आपको ट्रेड थ्योरी में ही पढ़ना है मेंसुरेशंस में इस चैप्टर को हटा दिया है पूरा इस तरीके से ये चैप्टर्स हटाए गए हैं वीडियो काफी लंबी हो रही है लेकिन आपको पूरी तरह से समझ आएगा अब देखिए इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर का सिलेबस आपके सामने दिख रहा है जो जो चैप्टर हट गए हैं उसके आगे डिलीट लिखा हुआ है जो बच्चे आपको पढ़ने हैं फ्रिक्शन फ्रिक्शन पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में भी चैप्टर्स हटा दिए हैं काफ़ी चैप्टर हट गए हैं आपके एलजेब्रा पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी का इलास्टिसिटी में मेन चैप्टर रखा हुआ है इन्होंने ही ट्रीटमेंट्स भी हटा दिया इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना है आपको ये तो हो गया सेकेंड ईयर का सिलेबस अब देखिए फिटर में भी यूनिट फ्रैक्शन स्क्वायर स्क्वायर रूट ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं मटेरियल साइंस में जो चैप्टर वहां से हटाए गए हैं ये यहां से हटा दिए गए हैं अब देखिए मटेरियल साइंस में जो कवर्ड इन थ्योरी मतलब फिटर ट्रेड्स के बच्चे थ्योरी में ये चैप्टर्स पढ़ते हैं मटीरियल साइंस के तो ये वहां से पढ़ेंगे दोबारा नहीं पढ़ेंगे वर्कशॉप कैलकुलेशंस में स्पीड एंड वेलोसिटी के भी चैप्टर्स हटाए गए हैं डिलीट जिसमें लिखा हुआ है डिलीट ये चैप्टर हट गए हैं सारे इस तरीके से इन चैप्टर्स को वर्कशॉप कैलेशन से डिलीट कर दिया गया है अब ये बेल्डर का सिलेबस है बेल्डर्स में यूनिट फ्रैक्शन स्क्वायर स्क्वायर इन मटेरियल साइंस ये बेल्डर्स कैंडिडेट्स को पढ़ना है जो कैल्किट इस तरीके से ये सारा सलेबस आपका चेंजमेंट हुआ है अगर ये अगर डी आपको चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में कमेंट्स कमें करिएगा मैं आपको ये पी डी उपलब्ध करा दूंगा एग्ज़ाम टाइम टेबल्स के बारे में मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं किस तरीके से क्या क्या आपका एग्ज़ाम टाइम टेबल है जो कि एनसीबीटी ने पहले ही जारी कर दिया हुआ है ये भी मैंने बता दिया हुआ कि दो हज़ार बीस ईयर के एग्ज़ाम कब होने और इक्कीस तेईस फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम कब होने दोनों ही कैंडिडेट्स के एग्ज़ाम अगस्त दो में इस्टार्ट होंगे सारा टाइम शेड्यूल मैंने आपको बता दिया हुआ पहले वीडियो में ही चीज़ किसी को नहीं मालूम वह आई बटन के लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकता है इस तरह से आज मैंने आपको इस पूरी वीडियो में अच्छे से बता दिया आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है पूरी डिटेल्स मैंने आपको शेयर कर दी है अब आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें लाइक करें और सब्सक्राइब करें अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जिन कैंडिडेट्स जो आपकी जानकारी में हो, उन्हें भी शेयर करिए जिससे कि उन्हें भी मालूम चल सके अगर आपको आईटीआई आई से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स में कमेंट करें मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए